Hey guys, good morning. <laughs> good morning ही actually, मैं अभी afternoon में बना रहा हूं, कर है साढ़े तीन मैं थक गया हूँ अभी बहुत ज्यादा क्योंकि पिछले दो दिन से को पता है कॉलेज का चक्कर चल रहा था और कुछ कुछ काम रहते थे like, like कि ना आज को नहीं बनाना चाहिए बट नहीं पता मेरे को अंदर से अचानक से फीलिंग आई कि नहीं अमन तू उठ तू ब्लॉग बना तो मैं ब्लॉग बनाने आ गया सीधा और मैं सोचा कि रील्स बनाऊंगा आज बट रील्स नहीं बन पाया और मैं बिस्तर में ऐसे कर बैठा हुई थक गया हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोल रहा हूँ मेरे को ब्लॉग बनाना और ब्लॉग नहीं बन रहा अभी मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आज ब्लॉग बन क्यों नहीं रहे मेरे से नहीं पता समझ नहीं आ रहा तो वैसे मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप लोग चैनल पे पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ आप लोग तक नोटिफिकेशन एक आप चिक आ चिक चिक जाए और गायस मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ तो क्योंकि आप लोग देख रहे हो अभी लिटरली में सिर्फ चालीस व्यूज आ रहे हैं मेरे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता सच में मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि कितने आ रहे और क्या कितना आ रहा है बोलता हूँ यही है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं, मतलब हूँ ग्रो नहीं करता हूँ तो यही ठीक है मेरे लिए क्योंकि मेरा ग्राफ मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्राफ ऐसे करके ऐसे करके अचानक से ऊपर जाए फिर ऐसे करके नीचे आ जाए मैं चाहता हूँ की भले ही मैं ऐसे जमीन में रहके जाऊँ जमीन में रहके जाऊँ जमीन में रहके जाऊँ फिर रह ऐसे करके जो उठू तो फिर कभी नीचे आने का नाम ही ना लू तो मैं यही चाहता हूँ यू वॉचिंग और तुम अकेले इंस्टाग्राम में, में रेट एमन कुमार ब्लॉग मैं हमेशा फ्री हूँ तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ बस बोल देना है for life. bro literally जैसे मैं अभी फ्री हूँ मेरे पास कोई है नहीं ठीक है मेरे पास कोई नहीं है मेरे को चाहिए कुछ कॉन्टेंट आई होप आप समझ रहे को चाहिए कुछ कॉन्टेंट बट अगर आप देखोगे की लोगन पॉल को अगर आप लोग देखोगे ना तो लोगन पॉल के पास था एक चिड़िया जिसका नाम था मैविक आई लव मैविकेड नाउ तो मैं बोलना चाहता हूँ मैं एडिटर रमन हूँ जो अभी एक्चुअली रात में बारह साढ़े बारह बजे ब्लॉग एडिट कर रहे तो एक्चुअली मैं बेसिकली क्या था जो मैं लोगन पॉल का बर्ड बता रहा था उसमें क्या होता था कि लोगन पॉल उससे बात कर लेते थे तो आप लोग देखो कैसे बात करते थे उससे कंटेंट बन जाता था तो आप लोग जाओ देखो और सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन सा बर्ड लूंगा अगर मैं बर्ड लूंगा तो वो रहेगा लव बर्ड या फिर मैं लूंगा पैरोट पैरोट में पिछले एक महीने से जब से मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ आप लोग देख रहे हो जब से मैं डेली ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को चिड़िया कोई दिला दे और मैं अपनी मेड को भी बोल के रखा कि दी जब भी आपको पैरोट मिलेगा आप प्लीज उससे मेरे घर लेके आ जाना क्योंकि आई नीड मे को भी चाहिए तोता क्यूँकी यू नो आई लाइक दैट टोटा तोता आई लाइक दैट टोटा तोता आई लाइक दैट टोटा मेरे को मजा आ रहा है करने में I like आई लाइक दु कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं चाहता हूँ और मैं कुछ कुछ करने watching this from outside India like USA, UK, so I think you should check my here. Here you can click here and uh, touch the caption or subtitle button so you can see my vlog in uh, English also. तो हाँ गैस। <laughs> ये पार्ट टू मैं एक्चुअली मैं वो बना रहा हूँ इंस्टाग्राम का रील बना रहा हूं तो अभी ये वहां <laughs> <मुझे करते> <laughs> में इंस्टाग्राम में रील्स बना रहा हूं अभी बना गया तो फिर आपको दिखाता हूँ के वो ट्राई कर रहा, मतलब मतलब तो तो रहा हूँ जो एक्चुअली में आप लोग देखे हो गए ना जो लड़की लोग जब नहा के निकलते हैं तो उन लोग ऐसे करके टावल को सर पे बाधते है वो मेरे को सीखना है और वो कैसे है कैसे करते है भाई उन लोग हो हाँ हाँ हाँ हाँ हो गया हो गया, हो गया ऐसी कुछ तो रहता है तो अभी रेडी हो रहा मैं एक्चुअली नेल नेल पॉलिश पॉलिश ऐसे खुल जाएगा उसके बाद से चालू करेंगे करेंगे फिर नेल पॉलिश खुला। फिर खुला अब करके एक्टिंग करेंगे। अच्छा चला जरा करके दिखाइयो कैड करके दिखाइयो जरा हो गया फेक लाफ बस इतना ही इतना ही ब्लॉग बनेगा इतना ही वीडियो में रहेगा बस हो गया भाई छी मैं करना बिल्कुल पसंद नहीं बड़े, कौमेड़ी है बट एक कॉमेडी है कॉमेडी है वायरल होने का चांस और भाई वायरल होने का चांस नहीं करें को टी शर्ट भी पसंद नहीं है टी शर्ट भी चेंज हो गया अब सब हो गया अब इसको एडिट करते हैं उसके बाद फिर आप लोग से मिलता हूँ मैं दस मिनट फॉर गुड हेल्थ यू ईट टेस्टी फूड और मस्त एकदम हेल्थी चीजें खाना चाहिए you know, मैं अपने हेल्थ में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ आजकल और पैसा भी बहुत रहा आज आजकल अपने हेल्थ के पीछे अभी बस वीडियो बन चुका है और उसमें मेरा म्यूजिक डालना और टेक्स्ट डालना क्योंकि लोगों को साइलेंट वाला वीडियो है उसमें कुछ बोला नहीं हूँ मैं बोला हूँ बट वो आपको को सुनाई नहीं देगा आप लोग को बस टेक्स्ट सुनाई देगा तो अभी आप लोग देख रहे हो जो मैं वीडियो भी लड़की वाला बनाया हूँ कैटवॉग वाला आप लोग उसको भी देख रहे हो रेडी वन टू थ्री गेट साइड मैं आप लोग को नहीं दिखाता हूँ अभी क्या है मेरे भाई है और मैं इसको ये मेरे से शर्त लगाया है इधर इस साइड इस साइड की तो ये मेरे से शर्त लगा एक्चुअली में कि ये नहीं हंसेगा मेरे रील्स में ठीक है ना पक्का रील्स देख रील्स अपलोड हो चुका है और अगर तू हसेगा पांच सौ रूपए इधर इधर बैठेगा चल चल पहले ही में आ जाएगा मेरा नाम सर्च कर मेरा नाम सर्च करना हाँ हाँ बड़ा कर बड़ा कराकर बड़ा कर दिया दिया ना मैं मैं नहीं, नहीं। स्माइल भी चल चेहरे से दिखाइक करके दिखाइयो करके दिखाइयो तो बहुत देर बाद अपन मिल रहे हैं नौ बजे मतलब कि पाँच घंटे बाद अभी ना अभी का सीन ऐसा हो जाएगा इसके मैं अभी वर्कआउट कर रहा था तो फिर ना ये इधर इधर इधर साइड पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कोई मेरा वेन खिचा खिंचा गया है आ, तो आ, अभी ठीक है अभी सब ठीक है अभी हाँ चल रहा है तो ठीक हूँ मैं अभी अभी तो फिलहाल ठीक ही हूँ तो मैं वर्कआउट आते में छोड़ दिया मैं कुछ नहीं कर रहा था मैं बस पुशअप्स मार रहा था उसके बाद फिर ये हुआ तो फिर मैं बंद किया मैं बोला भाई कुछ रिस्क नहीं लेते तो गाइज़ आज मैं ना व्लॉग व्रौ अपलोड एक्चुअली में कॉलेज वाला जो मैं कल बनाया था 16 तारीख को आज अपलोड किया हूँ तो आप लोग बहुत सारे लोग मेरे को बधाई दे रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइज एडमिशन हो गया अभी एग्जाम होगा उसके बाद फिर बस भाई रेगुलर होना चाहिए कॉलेज कुछ भी हो चाहे कैसा भी होगा इस बस रेगुलर होना चाहिए मैं नहीं जानता हर दिन हर दिन ब्लॉग वहाँ पे सोच रहे हो गई नया नया कॉन्टेंट हर चीज़ नया भाई कॉलेज नया और वहाँ पर मैं क्या क्या सोच के रखो यार मतलब इतना बड़ा कॉलेज है मेरा कहाँ मतलब भाई एक से कंटेंट सोच के रखूंगा रखोग बस खुल जाए कॉलेज मज़ा आ जाएगा और फिर कंटेंट भी मिलेगा न्यू फ्रेंड्स और फिर वहाँ पे अगर कोई मेरा पुराना दोस्त आएगा तो पुराना दोस्त ओ भाई भाई मज़ा आ जाएगा पता है क्या तो का यही था आज का ब्लॉग अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बायदाफ़े बायटेक के मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ आई होप तो सी